हेलो गाइड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज के वीडियो में बताने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप में ऑनलाइन रहकर भी दूसरे को तो नहीं बता पता तक चल सके कि आप ऑनलाइन हैं एक बात और आप चाहें भी तो ऐसा कभी हम बताएँ कि आप चाहें तो व्हाट्सएप में अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी किसी को नहीं दिखा सकते तो इस, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा व्हाट्सएप अप्लीकेशन है व्हाट्सएप अप्लीकेशन में जाने के बाद कुछ खुलेगा तो यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे जाना होगा आपको अकाउंट में अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ जाना होगा प्राइवेसी में प्राइवेसी में जाने के बाद आपको कुछ ऐसे एंटर खुलेगा तो देख रहे हैं लास्ट सीन यहाँ लास्ट सीन लिखा हुआ तो इससे पता चलेगा कि आप कब तक व्हाट्सअप में ऑनलाइन रहें या ऑफलाइन रहे तो यहाँ पे नो बॉडी किया हुआ है तो कोई नहीं देख सकता एवरी कर दीजिएगा तो सब कोई देख सकता है तो हमको करना है कोई नहीं देख सकता तो नो बॉडी करना प्रोफाइल फ़ोटो कोई भी नहीं देखेगा तो हमको नो बॉडी करना नो बॉडी कर देने से आपको प्रोफाइल फ़ोटो कोई नहीं देख सकता कोई नहीं तो ये था ट्रेक Thanks for watching my video. मिलते हैं अगला video में